फ्रेंड्स कैसे हो स्वागत है आप सबका मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेलीकॉम अपडेट्स फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ कि जियो फोन पर्सन की बात करेंगे अब कभी कभी जियो पर्सन अपना जियो फोन का प्लान का यूज़ करते हैं ठीक है तो उनका जो नॉर्मली पाँच सौ बारह मतलब पाँच सौ एम बी डेटा जो आता है तो वो यूज़ हो जाते हैं उसके बाद जो जियो फोन यूज़र कस्टमर होते हैं जो अपनी शॉप पर जाते हैं मतलब शॉप पर जाते हैं और फिर रिचार्ज करवा लेते हैं ठीक है और उसके बाद वो घर आके अपना डेटा चलाते हैं यूज़ करने के लिए तो वहाँ पर वो डेटा नहीं चल पाता और है और ऐसा बताते हैं कि आपको एक और रिचार्ज प्लान करवाने का ज़रूरत है ठीक है तो उसमें क्या है जब गैस हम शॉप से रिचार्ज करवा के लाते हैं तो वहाँ पर शॉप वाले अपने को प्लान एक्टिवेट करके नहीं देते हैं ठीक है तो वो अपने को कैसे क्या करना होता है वो बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं गैस फर्स्ट में अपने को जियो फ़ोन लेना है जियो फ़ोन में अपने को सबसे पहले जियो ऐप्स अपने को खोलना है ओपन करना है ठीक है कि आप देख पा रहे होंगे फिर ऐसा लोगो दिखाई देगा आपको जियो ऐप जो है थोड़ा सा धीरे ही काम करता है फिर ओपन करने के बाद अपने को ऐसा रिव्यू दिखेगा हुआ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्लान ठीक है तो इसमें जेपी एमआरएफ एम आर का प्लान जो है वो एक्टिवेट करना है अपने को ठीक है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो फिर अपने को इसके बाद में ऐसा फ्रंट दिखेगा तो अपने को फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्तमान लिखा हुआ है ऊपर और इसके साइड में लिखा हुआ है आने वाले प्लान मतलब प्लान नहीं लिखा हुआ है पर वो इसका मतलब यही है कि आने वाले प्लान है ठीक है तो ये वर्तमान में जो भी प्लान चल रहे हैं ना वो आपको दिखाई देंगे ठीक है इसके बाद अपने को आने वाले प्लान पर क्लिक करना है तो फिर आपको ऐसा फ्रंट दिखेगा फिर ये जेपी एम आर एफ एक सौ पचपन वाला प्लान दिखाई दे रहा होगा जो कि एक्टिवेट नहीं है अभी एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा फ्रंट दिखेगा ऐसा फ्रंट दिखने के बाद ये आ रहा है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सक्रिय करें मतलब ये प्लान अभी एक्टिव नहीं है सिर्फ जियो शॉप वाले ने रिचार्ज किया है अभी एक्टिव नहीं है तो आपका डेटा चलेगा ही नहीं जैसा हम फर्स्ट में बात कर रहे थे कि अपना डेटा नहीं चलेगा तो यहाँ पर अपने को सक्रिय पर क्लिक करें यहाँ पर सक्रिय पर क्लिक करना है फिर इसके बाद में ऐसा फ्रंट दिखाई देगा आपको जहाँ पर कि लिखा हुआ आएगा कि कृपया आपने वर्तमान प्लान के अलावा इस प्लान को सक्रिय करने की पुष्टि करें इसकी विधता आज से ही शुरू होगी ऐसा आपको दिखाई देगा तो आपको पुष्टि करें पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक मैसेज मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके प्लान की सक्रियता का अनुरोध सफलतापूर्वक संदर्भ संख्या के साथ लिया जाता है मतलब ये सफल हो जाए, हो सफलतापूर्वक तो फिर अपने को एक ओके का ऑप्शन आता है नीचे जिस पर अपने को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अपने को कुछ फिर मेरे प्लान पर वापस आ जाना है जैसे कि अपन पीछे बता रहे थे तो वहां पर आ जाना है और अपना प्लांट एक्टिव हो गया है ठीक है तो अपने को यहाँ पर फिर वापस जियो ऐप से बाहर आ जाना है और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये मतलब जो अभी जिनको अभी बहुत कम जानकारी है जो डीप तक नहीं गए हुए हैं तो मैं उनके लिए मतलब एक एक पॉइंट डीप तक जाके बताता हूँ कि आपको ये ओके आ रहा है तो ओके पर भी क्लिक करना है यहाँ पर ऐसा फ्रंट देखेगा इस पर क्लिक करना है तो बहुत सारे लोग क्या है फिर कमेंट में बताते हैं कि आपने यहाँ पर ये यह चीज़ नहीं बताया यहाँ पर ये यह चीज़ नहीं बताया तो उसके लिए मैं अपना इतना डीप पर जाता हूँ और ये वीडियो लंबा बनता है तो इससे मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वीडियो लंबा बन जाएगा किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए सबको समझ में आना चाहिए चाहे किसी को बहुत जानकारी हो या फिर कम जानकारी हो तो ठीक है ये आपका हो गया प्रॉब्लम ठीक है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करें यही नहीं अभी और सुनिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है नहीं <laughs> नहीं झूठ बोल रहा है। रहे नोनू नोनो आइए कह लेंगे